मित्रों आज आपके सामने एक श्रब एज ए मेडिसिन चर्चा करेंगे इसके आप येलो फ्लावर्स देख रहे हैं इसको येलो ट्रम्पेट बुस भी कहते हैं और इसको ट्रेडिशनल मैक्सिकन मेडिसन भी कहा जाता है येलो बेल्स भी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसके फ्लावर बेल की शेप में है, बेल जैसे जैसे कि घंटी होती है इस तरह से इसके फ्लावर्स हैं पॉड्स इसमें लगी हुई हैं बिग्नोनी फैमिली का ये मेम्बर है सिरेट इसके लीव मार्जिन है रेटिकुलेट इसका विनेशन है अब हम इसकी केमिकल कॉन्सटेंट की अगर बात करें तो 120 से ज़्यादा केमिकल कॉन्सटेंट इसके अंदर पाए जाते हैं इसमें एल्कलॉइड फिनोलिक एसिड फ्लोनाइड क्लोरोजेनिक एसिड कुमेरिक एसिड कैरोटिन कैमफिरल लूटियोलिन इस तरह के बहुत सारे केमिकल कॉन्सटेंट इसमें पाए जाते हैं और लुटियोलिन एक ऐसा इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो कि बाद में क्राइसोइरियोल और एपीजेनिन को भी प्लांट के अंदर बायोसिंथेसाइज कराने में हेल्प करता है और क्राइसोवेरियोल और एपीजेनिन ये दो केमिकल कॉन्सटेंट अपनी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी के लिए जाने जाते हैं ये दोनों केमिकल कॉन्सटेंट पैनक्रेटिक लाइपेज एंजाइम इनहिबिशन का कार्य करते हैं जिससे यह है हाइपोकोलेस्ट्रोलिक इफ़ेक्ट अपना शो करते हैं इसके साथ साथ इन दोनों केमिकल कॉन्सटेंट की एंटी कैंसर एक्टिविटी पाई गई है ख़ास तौर से सर्वाइकल लंग कैंसर और कोलोन कैंसर की सेल्स लाइन में शोध के बाद स्टडीज जब की गई तो ये पता चला और इसके जो लीफ हैं इसका इन्फ्यूज़न अगर हम दें तो लीफ के इन्फ्यूज़न से ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहता है इंटस्टिनल वम्स उनसे हम निजात पा सकते हैं किडनी की प्रॉब्लम को ये दूर करता है जी को बढ़ाता है जोंडिस में ये डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम से ठीक करता है स्किन इन्फेक्शन हो उसको भी ये क्योर करता है और दांतों की समस्या हो टूथेक हो गम ब्लीडिंग हो उससे भी अपने आप को ये हमें निजात दिलाता है जॉइंट पेन और शोर आइज़ की समस्या हो वहाँ भी अच्छा कार्य करता है नए नए शोध इस प्लांट के अभी चल रहे हैं सिल्वर पार्टिकल्स के माध्यम से बायोमेडिसंस बनाई जा रही हैं और एंटी एजिंग एंटी रिंकल क्रीम भी तैयार की जा रही है और इस तरह के इनोवेटिव फॉर्मलेशन इस प्लांट से अब बनाए जा रहे हैं और अब इस प्लांट का अगर प्रोपेगेशन की बात करें तो पॉड के अंदर जो सीड होता है उससे भी हम इसका प्रोपेगेशन कर सकते हैं गूटी के माध्यम से भी इसका आसानी से प्रोपेगेशन हम कर सकते हैं और इस प्लांट का संरक्षण आसानी से कर सकते हैं और ये सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल क्लाइमेट में 2000 मीटर द सी लेवल आसानी से कल्टीवेट किया जा सकता है साल टोलरेंट काफ़ी हद तक ये है तो अपना इजीली इसको हम कल्टीवेट भी कर सकते हैं और आने वाली अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ उसके औषधि उस गुणों की फिर चर्चा करेंगे आप सभी का धन्यवाद